इस घरों और ऑफिसों में फूड डिलीवरी तो आम बात है लेकिन आप लोग ये जानकर हैरान रह जाओगे कि अब अंतरिक्ष में भी फूड डिलीवरी शुरू हो गई है दिया है। की है इस डिलीवरी में, में करीबन आठ घंटे चौतीस मिनट का समय लगा और दो सौ अड़तालीस मील की यात्रा करने के बाद अंतरिक्ष में खाना पहुंचाया गया गाइज अब तो खाना भी अंतरिक्ष में पहुंच गया हम लोग क्या पहुंचने वाले हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा अब हमारे यूट्यूब के वीडियो यूट्यूब ऐसी भी पहले देखे हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डाउनलोड राइट नाउ